मिली असल नादरी मैं सिकंदर आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल करीब 30 साल पहले सलमान की किताब को लेकर दुनिया भर में प्रदर्शन हुए कई जगह पर प्रदर्शन हुए जहां पर ब्रेकफस्ट शहर भी शामिल था जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है प्रदर्शनों में सलमान रुस्ती की किताब को सरेआम जलाया गया सलमान रस्दी की किताब के कई हिस्सों पर इसंदा कानून का आरोप लगा ख़ासकर पैगम्बर मोहम्मद वसल्लम और उनकी बीवियों के बारे में जो उसने लिखा उस पर गुस्ताखी का आरोप लगा सलमान रस्दी ने करीब 12 साल पहले बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उस वक्त उसे कैसा लगा जब उसे छुप कर रहना पड़ा सलमान दुश्ती कहते हैं कि वक्त वो, वो वक्त बहुत डरावना था मेरे साथ साथ मुझे मेरे परिवार की भी बहुत ज़्यादा चिंता थी इश्तिया अहमद ब्रेकफास्ट में हुए प्रदर्शनों में से मुख्य आदमियों में से एक थे किताब को जलाना या फिर प्रदर्शन करना इसमें मुस्लिम समाज जो है वो एक अलग तरीके से उन्होंने प्रदर्शन के प्रदर्शन किए और सलमान दस्ती की किताब को जलाया और मौका मिलते ही उसे मारने की या फिर घायल करने की ताक में रहते सलमान दोस्ती की किताब का नाम है सेटनिस वर्सज जिसे लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ कई जगहों में कई शहरों में कई देशों में धीरे धीरे विवाद कम हुआ और देखते ही देखते अब इस शुक्रवार को सलमान सलमानी के गद्दन पर उसके लीवर पर कई जगह पर चाकू से हमला हुआ है और वो बड़े बुरी तरीके से घायल है अस्पताल में है उन्हें हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया और उनकी तबीयत अभी तक नाजुक बनी हुई आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुदाफिज